खून अभियो ऊ न शौक बदल बान ले फिर से रियाजत रियासत बा, रुतबा ना रहा खौफ आज भी उहे बा या डरीला खाली बाप से सांच खाती लड गई के हुओ के बाप से हाय भोजपुरीया डरीला खाली बाप से सांच खाती लड गई के हुओ के बाप से त पीछे हटन न के तनो झमेला होई आज जेल होई से से रूहे रूहे होई जेल होई आज कल हथियार खाली सौ खातिर रखी लाबू खब खातिर काफी का पिस्टल कमर में असिले तो असली भोजपुरिया परसों से खेल वाले जमीन पे होटल बना जी। जी। आपके प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चा मुफ्त में बढ़िया है हो सकला हमारे दोस्ती का फायदा उठा लिया बाबू कैसे की हमारे दुश्मनी का नुकसान तू सहना पैबा हम अपना जुवन के ले ले हम जान बी आप परसों से रूहे होई रूह होई कल हुई परसों से रूहे रूह होई सिकंदर तो हम अपनी मर्जी से हैं पर हम यहाँ दुनिया नहीं दिल जीतने आए हैं